हॉलीवुड की फिल्मी दुनिया में सुपरमैन बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे बड़े बड़े किरदारों की तरह एक मशहूर किरदार है ड्रैकुला लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बैटमैन और सुपरमैन जैसे किरदार काल्पनिक हैं, लेकिन ड्रैकुला एक असली किरदार है और ये असली ट्रैकुला फिल्मों में दिखाए जाने वाले ट्रैकुला ऐसी कहीं ज्यादा खतरनाक है कहा जाता है की दुनिया में करीब एक ऐसी डेढ़ लाख लोगों के कत्ल का जिम्मेदार इस ट्रैकुला को माना जाता है लोगों का कत्ल करने के साथ साथ ये हैवानियत की सभी हदों को पार कर चुका था यही नहीं लोगों का कत्ल करने के बाद वह उनके खून को निकालकर उससे रोटी खाया करता था इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये अपने दुश्मनों को डराने के लिए लोगों को नुकीली लकड़ियों में पिरो दिया करता था यानी कि उन्हें लकड़ी में इस प्रकार डाला करता था की लकड़ी उनके शरीर ऐसी गुजरते हुए उनके मुँह ऐसी बाहर निकल जाया करती थी और इसी के चलते उनकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये ट्रैकुला कौन था इसका खात्मा कैसे हुआ और इसका नाम ट्रैकुला कैसे पड़ा अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो 15वीं सदी में सल्तनते ओस्मानिया में सुल्तान मोहम्मद फ़तेह का शासन हुआ करता था उस समय सल्तनते ओस्मानिया की फ़ौज ने यूरोप के कुछ इलाकों में कब्जा करने के बाद रोमानिया की फ़ौज ने सल्तनते ओस्मानिया को रोकने की भरपूर कोशिश की लेकिन अंत में उन्हें हार माननी ही पड़ी और इसके बाद उन दोनों के बीच एक समझौता हुई जिसके तहत रोमानिया के बादशाह हर साल सल्तनत उस्मानिया को टैक्स दिया करेगा और इसके बदले में सल्तनत उस्मानिया उन पर हमला नहीं करेगी रोमानिया के बादशाह के दो बेटे थे एक का नाम विलाग थ्री और दूसरे का नाम रेडो था जब सल्तनत उस्मानिया और रोमैनिया के बादशाह के बीच समझौता हुई तो रोमानिया के बादशाह ने अपने दोनों बेटों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस्तानबुल भेज दिया जो उस समय सल्तनत उस्मानिया की राजधानी हुआ करता था वहां इन दोनों ने खूब ज्ञान हासिल किया वे दोनों भाई बड़े ही लंबे समय तक इस्तानबुल में रहे और इस दौरान उन्होंने बहुत से विषयों पर महारत हासिल की वे दोनों भाई अरबी फारसी और तर्किश भाषा के साथ साथ कुरान शरीफ भी सीख चुके थे इसका परिणाम ये हुआ कि छोटा भाई रेडो अपने टीचरों और अपने दोस्तों से इस कदर प्रभावित हुआ कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया इसी बीच इन दोनों भाइयों के पिता यानी रोमानिया के बादशाह का देहांत हो गया सुल्तान मोहम्मद फतेह को जब इस बात का पता चला तो उसने विलाग थ्री को रोमानिया भेज दिया ताकि वह अपने बाप के राज को आगे बढ़ा सके लेकिन वहां पहुंचते ही विलाय थ्री ने अपने अंदर की हैवानियत को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया सबसे पहले उसने उस समझौता को तोड़ दिया जो उसके बाप और सल्तनत उस्मानिया के बीच हुई थी इसके बाद उसने अपनी फौज को ताकतवर बनाया ताकि वह सल्तनतिया के साथ जंग कर सके क्योंकि विलाद एक जालिम किस्म का इंसान था उसका मन हमेशा हैवानियत से भरा रहता था इसलिए बादशाह बनते ही उसने आम लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया जरा सी बातों पर वह लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया करता था लोगों के बीच उसका खौफ इस कदर बढ़ चुका था कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने से कतराता था अपने राज में उसने खून की वो दास्तान लिखी जो शायद ही किसी ने सुनी होगी इसके बाद विलाथ्री अपने आप को ट्रैकुला कहलवाने लगा और ऐसा करने में उसे गर्व महसूस होता था क्योंकि ये एक जालिम बादशाह था, इसलिए लोग भी इसे एक ट्रैकुला कहने लगे दोस्तों जिस तरह से हलागू खान नाम का एक मंगोल बादशाह अपने दुश्मनों का कतल करने के बाद उनकी खोपड़ियों को दस फीट ऊंचे मीनारों पर लटका दिया करता था ठीक उसी तरह विलात लोगों को कतल करने के लिए उन्हें लकड़ियों की बनी नुकीली सीखों पर इम्पेल करवा दिया करता था यानी कि वह लकड़ी उनके शरीर से गुजरते हुए उनके मुंह से बाहर निकल जाया करती थी और वह लोग तड़प तड़प कर मर जाया करते थे इसके बाद वह उनके खून को अपनी रोटी में मिलाकर खाया करता था यही कारण था की विलात थ्री को विलात द भी कहा जाता है कहा जाता है कि एक बार सल्तनत उमानिया की तरफ से एक काफिला आया था जिसने विला यानी ड्रैकुला को उस समझौता के बारे में याद दिलाया जो उसके बाप और सल्तनतिया के बीच हुई थी उस काफिले के लोगों ने कहा कि आप हमें हर साल टैक्स दिया करेंगे ताकि आपके साथ उस समझौता को जारी रखा जाए लेकिन ड्रेकुला उनकी बात कहाँ मानने वाला था उसने उन लोगों को कहा की तुम अपनी पगड़ियाँ उतारो और फिर मेरे दरबार में दाखिल हो इस बात को उस काफिले ने अपना अपमान समझा और ऐसा करने से साफ मना कर दिया इसके बाद ड्रेकुला ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वह उन काफिले के लोगों के सिरों में लोहे की रोट खुबो दे उसके आदमियों ने ऐसा ही किया और उन लोगों के सिरों में लोहे की रोट खुबो कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया इस बात का जब सुल्तान मोहम्मद फातेह को पता चला तो उसने विलाग थ्री आरोप आक्रमण करने का फैसला किया उसने तुरंत अपनी एक फौज रोमानिया की तरफ भेजी अब क्योंकि विलाग थ्री सल्तनत उस्मानिया में एक लंबे समय तक रह चुका था और उनकी हर एक कमजोरी और ताकत से वाकिफ था इसलिए उसने सल्तनत उस्मानिया की फौज को बड़े ही आराम से हरा दिया यही नहीं ऐसा करने के बाद उसने उन फौजियों को अपनी आदत के अनुसार निकीली लकड़ियों में इम्पेल करवा दिया ड्रेकुला की इन हरकतों से परेशान होकर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ड्रेकुला के मुकाबले पर एक बड़ी फौज तैयार की और उसके साथ ड्रेकुला के छोटे भाई रेडो को जो की अब मुसलमान हो चुका था उसे भेजा लेकिन वहाँ पहुँचने आरोप उन्हें तकरीबन 20 से 30 हजार फौजियों की लाशें मिली जिन्हें विलाद ने अपनी आदत के अनुसार और उसके भाई रेडो के बीच एक खतरनाक जंग लड़ी गयी जिसमे ड्रैकुला बुरी तरह से हार गया इसके बाद ड्रैकुला को गिरफ्तार करके सल्तनत उस्मानिया ले जाने की तैयारियाँ शुरू की गई लेकिन इसी बीच रेडो की रहस्यमय ढंग से मौत हो गयी इसके बाद रोमानिया में सिविल वार छिड़ गई हालात अब इस कदर बिगड़ चुके थे कि ड्रैकुला को मजबूरन रिहा करना पड़ा और रिहा होने के बाद उसने दोबारा से अपना खूनी खेल शुरू कर दिया अब क्योंकि ड्रेकुला सल्तनते उस्मानिया के रास्ते का कांटा बन चुका था इसलिए सुल्तान मोहम्मद फाते ने उसके खिलाफ दोबारा एक बड़ी फौज के साथ हमला कर दिया इस जंग में सल्तनते उस्मानिया के एक फौजी ने एक ऐसा तीर मारा जो सीधा ड्रेकुला की गर्दन पर जाकर लगा और उसकी उसी समय मौत हो गई इसके बाद ड्रैकुल्ला के साथ खूनी खेल में शामिल हुए लोगो को भी एक एक करके कतल कर दिया गया और आखिर में ड्रैकुला की लाश को भी ठीक उसी तरह नुकीली लकड़ी में इम्पेल करवा दिया गया जिस तरह वह अपने दुश्मनों के साथ करता था इस तरह दोस्तों नाम के इस दरिंदे का अंत हुआ दोस्तों क्या कोई बादशाह इस हद तक जालिम हो सकता है कि वह सिर्फ अपने मजे के खातिर ही लोगों का बेरहमी से कतल करवा दे आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कॉमेंट में जरूर बताए वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए